अब बात मीडिया की कोई पत्रकार अपने कॉलम के नाम से जाना जाने लगे यह उसके लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं होता पत्रकार खान आशु के साथ भी ऐसा ही हुआ है लोग अब उन्हें उनके कॉलम चक्कर घिन्नी के नाम से ही जानते हैं खान आशु का चक्कर घिन्नी अब जल्द एक किताब की शक्ल लेने जा रहा है पहले बात करते हैं खान आशू की इंदौर के कुछ साधकालीन अखबारों से पत्रकारिता शुरू करने वाले खान आशू भोपाल में दैनिक जागरण स्वदेश साध प्रकाश राज एक्सप्रेस नव दुनिया प्रदेश टुडे दबंग दुनिया समेत कई अखबारों में काम कर चुके हैं खान आशु कई डिजिटल प्लेटफॉर्म और न्यूज़ पोर्टल के लिए फ्री कर रहे हैं खान आशु का मानना है अखबारों और चैनलों की बंदिश में अक्सर ऐसे हालात भी आते हैं जब सच्चाई का दम घुटा हुआ सा महसूस होने लगता है मीडिया की इन्हीं मजबूरी भरी पाबंदियों ने खान आशू के कॉलम चकर को जन्म दिया अब बात चक्र की इसकी उम्र सात बरस से ज़्यादा हो चुकी है चकरघिन ने खुद में वह समाया जो मजबूरियों के कारण मीडिया में जगह नहीं पा सका सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इस दैनिक कॉलम में हर तबके की बात होती है अब चक्करघिनी के 2555 कॉलम एक किताब की शक्ल में जल्दी नजर आने वाले हैं उम्मीद की जानी चाहिए आशु की किताब चक्रघिन्नी पाठकों को विभिन्न विषयों पर सोचने के लिए मजबूर करेगी और खान आशू लोगों को चक्र करने का काम जारी रखेंगे